मित्रों नमस्कार मैं ज्योतिर्बिता आशीषवत लखनऊ से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दिनांक 23 फरवरी के दैनिक राशिफल के इस कार्यक्रम में दर्शकों आज का राशिफल मे से लेकर के मीन राशि के ज, जो है जातकों के जीवन में क्या कुछ नवीन सवेरा नवीन खुशियां लेकर के आया है इस विषय पर आज हम प्रकाश डालेंगे साथ ही साथ आज के दिन को आप शुभ और प्रभावी कैसे बना सकते हैं इसके लिए कुछ विशेष प्रयोग भी बताएंगे राशिवार तो आप लोग भी अंत तक जुड़े रहिएगा तमाम दर्शकों के प्रश्न होते पंडित जी ये राशि फल किस पर आधारित है तो आपके ज्ञानार्जन के लिए जानकारी के लिए बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है चंद्रमा और नक्षत्रों के गोचर के आधार पर आधारित है देशे ग्रामे कहे युद्ध सेवायाम व्यवहार के नाम राशि प्रधानमंत्री जन्म राशि न चिंतित विवाहे सर्व मांगल्य यात्रायाम ग्रह गोचरे जन्म राशि प्रधानत्म नाम राशि न ना तो शास्त्र भी कहता है कि जब भी आप लोग राशिफल देखिए वैवाहिक काम करिए मांगलिक उत्सव जो है करिए आप लोग जन्म राशि की प्रधानता दीजिए आज का पंचांग क्या कहता है और पंचांग विशेषकर लखनऊ क्षेत्र को मानक मान करके बनाया गया है तो इसकी जो भी गणनाएं जो भी टाइमिंग सूर्योदय सूर्यास्त राहु काल का है और अभिजीत मुहूर्त का ये सभी जो है लखनऊ क्षेत्र को मानक मान करके ही प्रभावी होगी तो विक्रम संवत दो हज़ार छिहत्तर सित परधावी नामक संवत सर चल रहा है और रविवार आज दिन रहेगा भगवान भास्कर का दिन रहेगा सूर्योदय होगा प्रात आठ मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को पाँच उनसठ मिनट पर और अयन जो होता है ये उत्तरायण चल रहा है तिथि की बात करें तो कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि दर्शकों देखिए आज रहेगी अमावस्या तिथि के दिन दर्शकों सीधा सा आप लोग समझिए कॉन्सेप्ट कि अमावस्या तिथि के दिन आप लोगों को जो है किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्य नहीं करने हैं जैसे कि एल्कोहल नहीं लेना है मांस मदिरा और किसी भी प्रकार के नॉन से आपको दूर रहना रहेगा साथ ही साथ आ, यदि आप लोग जो है शादीशुदा हैं तो रिलेशन में आप लोग मत आ जाइएगा किसी भी प्रकार का शारीरिक रिलेशन आप लोगों को नहीं बनाना है साथ ही साथ जो क्या कहते हैं तिथि आ जाएगी अगली जो है तिथि आएगी ये शुक्ल पक्ष अभी तो कृष्ण पक्ष की अमावस्या रहेगी और 23 तारीख को ये शुक्ल पक्ष की प्रतिपता रात को नौ बजकर दो मिनट को रहेगी और जो अमावस्या तिथि रहेगी ये 22 तारीख की रात्रि सात बजकर तीन मिनट से 23 तारीख की रात्रि नौ बजकर एक मिनट तक की रहेगी साथ ही साथ देखिए दर्शकों अमावस्या तिथि के दिन चूंकि रात में नौ बजकर एक मिनट तक की है तो कई लोग आठ बजे तक की खाना खाते हैं तो कोशिश करिएगा कांसे के जो है पात्र में आप लोग खाना मत खाइएगा लाल रंग के जितने भी साग आते हैं अमावस्या के दिन नहीं खाए जाते हैं साथ ही साथ दर्शक एक छोटा सा ध्यान आप लोग और रखिएगा अमावस्या तिथि के दिन तिल के तेल का बिल्कुल भी सेवन मत करिएगा और ना ही किसी भी प्रकार के जो है जो है शरीर में हो गया जैसे मालिश के लिए या खाने के रूप में आप लोग मत लाइएगा नक्षत्र की बात करते हैं देखिए ब्रह्मा वैवत पुराण में मनाही ये हम अपने पास से आपको नहीं बोल रहे ये हमारे शास्त्रों में लिखा है तो हमारा काम होता है कि अवगत कराना आप लोगों को वास्तविकता से नक्षत्र की बात करें तो धनिष्ठा और सतभभिषा नक्षत्र रहेगा करण रहेगा चतुष्पथ नाग और किस्तुधन करण रहेगा योग बता दें तो परिध और शिव योग रहेगा चलते हैं आज के राहु काल पर तो रविवार को शाम चार बजकर चौतीस मिनट से पांच बजकर उनसठ मिनट तक का जो समय रहेगा ये राहु काल का रहेगा अशुभ समय है शुभ कार्यों को इसमें मत करिएगा यदि शुभ कार्यों को करना हो तो आज कोशिश कीजिएगा सुबह ग्यारह बजकर सत्तावन मिनट से बारह बजकर बयालीस मिनट के बीच आप लोग शुभ कार्यों को कर सकते हैं चंद्रदेव जो चलायमान रहेंगे ये कुंभ राशि में चलायमान रहेंगे वही सूर्यदेव भी कुंभ राशि में चलायमान रहेंगे देखिए दर्शकों अमावस्या तिथि कब बनती है सूर्य और चंद्रमा जब एक साथ आते हैं तब अमावस्या तिथि बनती है साथ ही साथ दर्शकों आपको बताना चाहेंगे दिशाशुल तो आज पश्चिम दिशा की ओर दिशाशूल है पश्चिम दिशा की ओर आज आपको यात्रा नहीं करनी है पश्चिम दिशा की ओर यात्राओं से आज आपको बचना रहेगा यदि यात्रा करनी पड़ जाए तो आप लोग घी का सेवन कर सकते हैं पान का सेवन कर सकते हैं गुड़ का सेवन कर सकते हैं और पहले पूर्व दिशा की ओर आप लोग चार पग चलिएगा तदुउपरांत आप पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान करिएगा निश्चित रूप से आपकी यात्राएं सफल होंगी हमारी जो पहली राशि आती है ये आती है ईरीश अर्थात मेष राशि मेष राशि के जातकों आज व्यापार में आपकी सफलता सुनिश्चित है कोई नहीं रोक सकता है धन लाभ के सुनहरे मौके गोल्डन चांस आज आपको मिलेंगे मेष राशि के जो जा रेस्टोरेंट से रिलेटेड बिजनेस करते हैं फूड से रिलेटेड फूड चैन चलाते हैं तो उनको आज धन लाभ के अच्छे स्रोत मिलेंगे और धन में वृद्धि होगी घर परिवार का वातावरण आपके अनुकूल रहेगा बेहतर रहेगा आज के दिन आपके घर में मेहमानों का आगमन होगा और करियर को बेहतर बनाने की आज आप लोग अच्छी कोशिश करेंगे ऑफिस में आज कुछ लोग आपके सकारात्मक सोच से प्रभावित होंगे उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो देखिए आज गाय को आपको रोटी और गुड़ खिलाना रहेगा साथ ही साथ भगवान भास्कर के सम्मुख बैठकर के एक माला गायत्री मंत्र का करिएगा तो आप लोगों के सौभाग्य में वृद्धि होगी शुभ कलर रहेगा ऑरेंज शुभ अंक रहेगा एक वृषभ राशि की ओर बढ़ते हैं वृषभ राशि के जातकों आज परिवार में हर्षोल्लास का वातावरण रहेगा दाम्पत्य जीवन में आपसी सामंजस्य से आज आप लोगों के बेहतर रहेगा सेहत के लिहाज से आज आप लोग चुस्त दुरुस्त बने रहेंगे कुछ लोग आज आपकी बातों से प्रभावित रहेंगे साथ ही साथ आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे जो लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं इनको आज सफलता मिलेगी और भाई बहनों के साथ संबंध बेहतर रहेंगे कुल मिलाकर के दिन आपको बहुत अच्छा रहेगा और आप लोग आज आप करिएगा क्या उपाय क्या करना है तो हनुमान जी महाराज को एक आपको मीठा पान चढ़ाना रहेगा साथ ही साथ आज के दिन नहाने वाले जल में एक चुटकी लाल कुमकुम कुम जिसको रोली भी बोलते हैं इसको डाल करके आप लोग स्नान करिए आपके जो है चेहरे पर कांति आएगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा ऑरेंज शुभ अंक लेकिन रहेगा आपके लिए तीन जेमिनी मिथुन राशि के जातकों आज आपको आर्थिक रूप से लाभ होगा करियर में आज आपको आपके जो है साथियों का जो है साथ मिलेगा कोई टीचर्स आपको सहयोग कर सकता है आज कामकाज की अधिकता आपके सेहत पर असर डाल सकती है अपनी सेहत को बेहतर बनाए रखने के लिए आज कोशिश कीजिएगा कुछ व्यायाम इत्यादि एक्सरसाइज इत्यादि करिएगा साथ ही साथ नकारात्मक सोच से आज बचने की सितारे सलाह दे रहे हैं आज परिवार वालों के साथ कहीं घूमने फिरने का बाहर बना जो है जाने का प्लान बना सकते हैं यात्राओं का दिन आज रहने वाला है और आज के दिन कैरियर में कोई बड़ी सफलता आपको मिल सकती है उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो आज भगवान भास्कर को आप लोग कोशिश कीजिएगा जल में गुल डाल करके और आदित्य हृदय स्त्रोत से अर्घ जो है पहले अर्घ दे लीजिएगा और उन्हीं के समक्ष बैठ करके आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करिएगा आपके लिए शुभ कलर रहेगा पीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा छः कर्क राशि के जातकों आज किसी विशेष काम में मित्रों से आपको बेहतर सलाह मिलेगी जिससे आज आपका काम आसानी से पूरा हो जाएगा आज आप खुद को आलस्य से भरा हुआ महसूस करेंगे और आज के दिन वाहन सावधानी पूर्वक चलाने के सितारे सलाह दे रहे हैं जो छात्र छात्राएं फैशन डिजाइनिंग से संबंधित किसी भी प्रकार के कोर्स से जुड़े हुए हैं आज कोई नई ड्रेस डिजाइन करने का आपको मौका मिलेगा और आपके अंदर की रचना शक्ति जो है कलात्मक शक्ति बहुत ज़्यादा उसका विकास होगा साथ ही साथ आज आपको किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने से बचना होगा सेहत कुल मिलाकर के ठीक रहेगी उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो सूर्याष्टक का आज आप लोग पाठ करिए सूर्य कवच का आप लोग पाठ करिए साथ ही साथ आज के दिन यदि हो सके तो गाय को लाल मसूर की दाल जरूर खिलाइए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा रेड और शुभ अंक आपके लिए रहेगा रहेगा छः बढ़ते अपनी अगली राशि पर अगली राशि आती है सिंह राशि सिंह राशि के जातकों आज आपके अंदर आत्मविश्वास की अधिकता रहेगी साथ ही आज आपको तरक्की के कई नए अवसर भी प्राप्त होंगे आज परिवार के साथ धार्मिक यात्राओं की योजना बनेगी स्वास्थ्य पहले की अपेक्षा बेहतर रहेगा और आज आपको व्यापार में मुनाफा होने की उम्मीद रहेगी आज आपको कोई नया काम करने के बारे में सोचना होगा दाम्पत्य जीवन में सलामसूरा करने से आगे आपका सब कुछ अच्छा होगा जो लोग आज कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हूँ कोई पेपर है इनका तो पेपर आज बहुत अच्छा आप लोगों का होगा और उस पेपर में आप लोग क्वालिफाई भी हो सकते हैं साथ ही साथ यदि कोई रिजल्ट आने वाला है तो निश्चित रूप से फैस जो है वो रिजल्ट जो रहेगा रुख उसका सकारात्मक रहेगा कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होंगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो मछलियों को आज आपको चारा डालने के सितारे यहाँ पर सलाह दे रहे हैं साथ ही साथ आज के दिन आप लोग कोशिश कीजिएगा कि सॉल्ट अर्थात नमक किसी भी प्रकार का नमक हो ब्लैक सॉल्ट हो वाइट सॉल्ट हो रॉक सॉल्ट हो या व्हाइट करिएगा मत लीजिएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ऑरेंज शुभ अंक आपके लिए रहेगा एक पढ़ते हैं हम अपनी अगली राशि पर हमारी अगली राशि आती कन्या राशि कन्या राशि के जात आज आपका खुशनुमा व्यवहार घर में रौनक का माहौल बना देगा नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन उत्तम रहने वाला है उन्हें काम से जुड़ी कोई खास खुशखबरी मिल सकती है जीवन साथी के साथ शाम को कहीं घूमने फिरने बाहर जा सकते हैं और इससे आपके रिश्तों में मिठास बनी रहेगी कार्य क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करने में आज आप लोग सक्षम होंगे सामाजिक स्तर पर भी आज आप लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ेंगे और आज आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी मीडिया के क्षेत्र से जुड़े लोगों को सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे और आज यदि आपके रिश्तों में कोई लड़चा चली आ रही थी तो ये समाप्त होती हुई दिखाई पड़ रही उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो देखिए आज के दिन आप लोग प्रयास करिएगा कि मसूर सवा किलो मसूर की दाल ले लीजिएगा और सवा किलो गुड़ ले लीजिएगा इसका दान आप लोग धर्म स्थान पर करिए किसी युवक को आप दे सकते हैं आपके लिए बढ़िया रहेगा शुभ आपके लिए रहेगा हरा शुभ अंक आपके लिए रहेगा चार लिब्रा तुला राशि के जात को आज कारोबार संबंधी यात्राओं का योग बन रहा है जिससे आपको धन लाभ भी होगा आज आपके किसी घरेलू काम की गति धीमी होगी इससे आपकी परेशानी बढ़ेगी लेकिन जीवन साथी के सहयोग से आज आपका सब कुछ ठीक होता हुआ दिखाई पड़ रहा है साथ ही साथ आप दोस्तों के साथ कहीं घूमने फिरने का प्रोग्राम जो है यदि चला रहा था तो ये टलता हुआ दिखाई पड़ रहा सेहत के लिहाज से आज आपको तली भुनी चीज़ों को खाने से बचने के सितारे सलाह दे रहे हैं क्योंकि आपकी सेहत पर इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा साथ ही साथ आज यदि यात्राओं पर जाते हैं तो आपके सामान चोरी होने का भय भी दिखाई पड़ रहा है उपाय के तौर पर आपको करना क्या रहेगा तो आज दो माला गायत्री मंत्र की करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा नौ स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के जातकों तो देखिए आज आपका दिन हर प्रकार से उत्तम रहेगा घर में नए मेहमान के आने की संभावना रहेगी जिससे परिवार का माहौल खुशनुमा बना रहेगा जीवन साथी के साथ सामंजस्य स्थापित होगा लबमेट के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है इसी मित्र के साथ बाहर घूमने फिरने की प्लानिंग कर सकते हैं बिजनेस करने वाले लोगों को कोई बहुत बड़ा आज ऑफ़र मिल सकता है और आज ऑफिस में काम में बहुत ज़्यादा आप लोग बिजी रहेंगे किसी खास काम के लिए परिवार के लोगों को आपसी जो है आप आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें रहेंगी और उन उन उम्मीदों पर आज आप लोग सार्थक रहेंगे खराब उतरते हुए दिखाई पड़ रहा है, लंबी दूरी की यात्राओं का योग आज के दिन बन रहा है और मन में जो अज्ञात भय वृश्चिक के जातकों का चला रहा था वो दूर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो भगवान भास्कर को अर्घ्य दीजिए आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ऑरेंज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा एक धनु तो धनु राशि राशि तो के ियस धनुराशि कोई जरूरी काम निपटाने में आप लोग सफल रहेंगे और आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी आज आपके दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी दोस्तों के साथ आज आप लोग कहीं बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं धन से जुड़ी चिंताएं आज आपकी दूर होंगी आपकी कार्य क्षमताओं के दम पर आज आपको कई नए मौके आपको मिलेंगे साथ ही साथ जो लोग इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड जातक जॉब इत्यादि कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन बेहतर रहने वाला है आज कोशिश कीजिएगा माता पिता को दंडवत प्रणाम करिएगा साष्टांग प्रणाम करिएगा साथ ही साथ आज के दिन आप लोग नमक अवॉइड कर दीजिए नमक का सेवन बिल्कुल मत करिएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा एक बढ़ते हम अपनी अगली राशि पर हमारी अगली राशि आती है मकर राशि कैफ्रिकॉर्न तो मकर राशि के जातकों आज आपको किसी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी जीवन में आगे बढ़ने के कई मौके आज आपको मिलेंगे मकर राशि के जो जातक जो जातक जो, जा जो है इंडस्ट्रियल एरिया में काम करते हैं बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं सरकारी क्षेत्र में या जुडिशरी के क्षेत्र में काम करते हैं तो उनको आज कुछ फ़ायदा होने वाला है सोर्स ऑफ इनकम आज आपकी बढ़ेगी जो लोग बिजनेस करते हैं खास करके लोहे से जुड़ा हुआ और ट्रेवल एजेंसी से जुड़ा हुआ तो उनके बिजनेस में आज ग्रोथ का जो है का ग्राफ काफ़ी ऊंचा रहेगा साथ ही साथ आज व्यापार के सिलसिले में की गई यात्राएं आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी जीवनसाथी का सहयोग मिलने से मन बहुत ज़्यादा उत्साहित रहेगा आज, आज आपके बिक्री में भी देखिए यदि कोई शॉप इत्यादि है तो निश्चित रूप से उसमें बढ़ोतरी होगी और आज उपाय क्या करना है तो मंदिर में लाल मसूर की सवा किलो दाल का दान करिए दूसरा नहाने वाले पानी में एक चुटकी हल्दी और एक चुटकी कुमकुम -कुम। ये डाल करके आप लोग स्नान करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा नीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा चार एक्वायस कुंभ राशि के जात को आज घर परिवार में किसी मांगलिक आयोजन की रूपरेखा बनेंगी कला के छात्रों को अपने टीचर्स का पूरा सहयोग मिलेगा किसी विषय में आ रही समस्या आज आसानी से सुलझती हुई दिखाई पड़ रही है और आज, आज आपको व्यवसाय से जुड़े सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे साथ ही साथ आज, आज आपको कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी इत्यादि मिल सकती है नौकरी पेशा वाले लोगों की आय में बढ़ोतरी होगी कार्यस्थल पर आज, आज आपका प्रदर्शन बहुत ही ज़्यादा शानदार और जानदार रहेगा जरूरतमंदों को पका हुआ आज आप लोग भोजन कराइएगा और साथ ही साथ आज आप लोग कोशिश कीजिएगा कि सवा किलो गुड़ का दान आप लोग धर्म स्थान पर जरूर करें शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ब्राउन और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा आठ अंतिम राशि पर चलते हैं और हमारी अंतिम राशि आती आती पैसे पाइसिस अर्थात मीन राशि मीन राशि के जात को जीवन साथी की मदद से मिलने वाला आपका कोई काम पूरा हो जाएगा और दोस्तों की सलाह आपके लिए बहुत ही बड़ी फायदेमंद साबित होगी आज आपको पैसे कमाने का नया जरिया प्राप्त होगा शिक्षकों के लिए दिन बेहतर रहने वाला है आज आपको किसी काम में सफलता मिलेगी लेकिन स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव बना रहेगा और किसी काम के लिए जल्दबाजी में फैसला लेने से आज आपको बचना होगा बाद, बाद से बचिएगा रोजगार के शुभ अवसर प्राप्त होंगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज कोशिश कीजिएगा बंदरों को केला आप लोग दे दीजिएगा खिला दीजिएगा और यदि नहीं मिलते हैं तो आज के दिन कोशिश कीजिएगा गाय को गुड़ और रोटी जरूर खिला दीजिएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा नौ तो दर्शकों कैसा लगा हमारा ये राशिफल हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराइए नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बगल में बना हुआ आइकन दबाइए साथ ही साथ इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए दीजिए हमें इजाजत मिलती है अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार